31 दिसंबर की इस रात से सभी लोग बचें अय मुसलमान ये 31 दिसंबर की एक ऐसी रात होती है जिसमें कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो ज़मीन पर ना किया जाता हो दोस्तों यही वो रात होती है जिसमें बहुत से लोग अपना ईमान बेच देते हैं दोस्तों यही वो रात होती है जिसमें हर बुरा से बुरा नशा किया जाता है दोस्तों यही वो रात है जिसमें जिना के अड्डे सजाए जाते हैं यही वो रात है जिसमें बहुत से नौजवान पहली बार शराबी चरसेरी गंजेरी बनते हैं यही वो रात है जिसमें लड़कियों की इज्जतों से खेला जाता है मेरे तो यही वो रात है जिसमें बेहयाई खुलेआम की जाती है यही वो रात है जो हर गुनाह किया जाता है जिसे साजिश है कि मुसलमानों के दिल से उनका ईमान छीन लिया जाए तो प्लीज इस रात को जश्न मनाने से पहले एक बार अपनी कब्र की अंधेरी रात को जरूर याद करें और अल्लाह से दुआ करें तो हर मुसलमान भाई और बहनों को इस बेहयाई और बेश वाली रात से बचाए आमीन 31 दिसंबर से पहले पहले तमाम मुसलमानों को ये पैगाम जरूर शेयर करें पहुंचाएं ताकि इस जमीन पर कोई मुसलमान इस रात से अपना ईमान न खो बैठे